अलग से पूछ लो चाहे गवाए चाँद तारे है न सुन जो भी सदियों से हम तो बस तुम्हारे है मोहब्बत से नहीं वाकिफ बहुत जान लगती हो हमें मिलना जरूरी है हकीकत ना समझती हो कोई कैसे समझ पा